आज की वीडियो में बताने वाली हूँ जी हाँ मेरा वन हज वन के सब्सक्राइबर कैसे पूरा हुआ मेरा चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ ये दो टॉपिक लेकर आई हूँ और मेरा चैनल जो है वो 12 घंटा से पहले जी हाँ 8 घंटे में 8 घंटा से भी कम टाइम लगा मोनेटाइजेशन में और 24 घंटा से पहले मेरे पास YouTube से मेल भी आ गया था तो ये चीज़ मैं आप लोग हेलो तो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल कुंजा ऑफिसियर योर चैनल कैसे आप लोग आई होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे बेलाइकन उसे प्रेस जरूर कर ली ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ जी हाँ मैं यूट्यूब कैसे यूट्यूब की जर्नी यूट्यूब कैसे स्टार्ट की और उसके बाद मैं हू कौन हू आई एम तो वो भी मैं बता दूँ तो मैं हूँ कुंज की मम्मी मेरा नाम है राखी आप लोग जानते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरे चैनल को भी बहुत प्यार करते हैं और आगे की जर्नी में बता दूं मैं छोटा मोटा ऐसे ही अपना बेटा का वीडियो डाल जी हाँ एक आईडी बना के यूट्यूब पे फिर कैसे मुझे काम करने का लत लगा मुझे नहीं पता बट मैं काम करते चली गई और आज आप लोगों की कृपा से मेरे चैनल मोनोटाइज भी हो गया एक हज़ार सब्सक्राइबर पूरा करने में मुझे बहुत टाइम लगा बहुत पापड़ बेलना पड़ा लेकिन कहते हैं कि बहुत सारे टेक चैनल वाले कहते हैं कि अपने कॉन्टेंट पर ध्यान दो कॉन्टेंट अगर अच्छा रहेगा तो आपका चैनल बहुत जल्दी मोनाटाइज हो जाएगा तो ये चीज़ बहुत जी हाँ ये चीज़ सही है और इसके साथ ही आप लोग भी चले मैं भी चली मैं एक साल तक मेहनत की मुझे कोई सफलता नहीं मिला सिर्फ दस महीने की मेहनत से मेरा चैनल मोनाटाइज हुआ और उसके बाद मोनाटाइज से पहले मैंने अपने चैनल को टू टूरिस्ट वेरिफिकेशन भी करवाया जी हाँ ये सब चीज़ मैं करके रखी हुई है वो मैं 2021 जी हाँ अप फरवरी में मेरा बेटा हुआ था मार्च अप्रैल मई जी हाँ 26 मई को मैं ये जर्नी स्टार्ट की थी और तब मेरा बेबी बहुत छोटा था और जब मैं रात को सारे काम करके बैठती थी रिकॉर्ड के लिए और बीच में रिव्यू करती थी जी हाँ पहले मैं साड़ी का और कपड़े का जो भी गैजेट्स मंगवाती थी तो उसका रिव्यू करती थी और उसी बीच अगर मेरा बच्चा जग जाता था तो मैं उस चीज़ को जी हाँ अपने रिकॉर्डिंग को वहीं पर स्टॉप करके सबसे पहले अपने बच्चे को देखती थी उसको सुलाती थी जब वो सो जाता था तो उसके बाद मैं फिर अपना काम स्टार्ट करती थी तो ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ वो मोनेटाइज़ 2023 में हुआ है जी हाँ 2023 में चौबीस चौदह अप्रैल 2023 को हुआ है और मेरा जो वन के सब्सक्राइबर है वो नवंबर, uh, जी हाँ नवंबर 2022 में कंप्लीट हो गया था और अभी तो मेरा 1700 सब्सक्राइबर 1800 सब्सक्राइबर होने वाला है 1800 में बहुत ही कम है जी हाँ पंद्रह सोलह सब्सक्राइबर होगा वो कम है उसके बाद मुझे मेल आया था ढाई बजे रात को मेल आ गया था तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे आप लोग का प्यार रहा तो आगे भी मैं बहुत आगे जाऊँगी आप लोग सपोर्ट दीजिए तो और अभी बहुत जल्द मैं Google Adsense पिन के लिए अप्लाई भी करने वाली हूँ तो Google Adsense पिन जब आएगा तो वो भी मैं आप लोग को बताऊँगी और कहीं ना कहीं ये जो मेरी सक्सेस है उसके लिए एक हाउस वाइफ बिंग मैं एक हाउसवाइफ हूं, एक माँ हूं, घर में ही रहती हूं, सारा काम करने के बावजूद मैं YouTube की जर्नी स्टार्ट की और रात को जग के जी हां रात में जब मैं सारा काम कर लेती थी और सारे लोग सोने चले जाते थे तब मैं अपना काम स्टार्ट करती थी रात एक बज जाता था दो बज जाता था एडिटिंग करने में रिकॉर्ड करने में और उसके बाद कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह तो मुझे राह दिखा कि मैं घर के बाहर बिना गए भी कुछ कर सकती हूँ मुझ में वो चीज़ था हाँ फैमिली में कभी कभी लोग सुनाए भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ सुनाए बट सारे लोगों को दरकिनार करते गए करते गए और जीरो सब्सक्राइबर से आज मेरा जी हाँ सत्रह सौ दो हज़ार में तीन टू में 300 कम है मेरा फैमिली बनने में वाईटी फैमिली और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आज लोग जो जान गए कि मोनिटाइजेशन हो गया है और अर्निंग इसकी अब शुरू हुई है तो वो लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और वो लोग भी आ, अब अच्छा अच्छा लगता है हम लोगों को भी कि चलो ये जो ठानी थी वो करके दिखाई और अब आप लोग का कृपा रहा तो आगे भी जाऊँगी और इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ आप ये सोचो कि आप सही कर रहे हो गलत नहीं कर रहे हो तब आपके फैमिली भी सपोर्ट करते हैं और और एक महिला की जो होती है एक लड़की की दो फैमिली होती है ससुराल और मायका और ससुराल होता है ये दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है और दोनों लोगों को खुश करके आप चलोगे तो ही अच्छा रहता है और, और कभी ये नहीं सोचो कि काम को दरकिनार कर देते हैं या घर के काम को दरकिनार करके तब ये काम नहीं सबसे पहले जो जरूरी है मेरा जरूरी बच्चा है घर है वो उसको मैं प्रोरिटी देती हूँ उसके बाद जब मेरे लिए टाइम निकलता है उसमें मैं सो के गुजारूँ लोगों से बात करके गुजारूँ या मैं ऐसे ही मोबाइल देख के गुजारूँ लेकिन मुझे कही न कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं ये सब बेकार है मुझे कुछ करना है तो करना है तो मैं की और मुझे यूट्यूब पर सक्सेस होने में सक्सेस तो नहीं कह सकते हैं मोनेटाइजेशन का एक प्राव पार करने में मुझे दो एक साल ग्यारह महीना लग चुका है जी हाँ तो इतनी इतना देर मुझे लगा लेकिन हाँ बहुत सारे यूट्यूबर छः आईडी डी सात आई डी आठ आई ऐसे करके बनाते तब उनको तब वो वहाँ तक मोनेटाइजेशन तक पहुँचते हैं बट मैंने ऐसा नहीं किया मैं एक ही आई डी मेहनत करते गई मेहनत करते गई और आज मैं आप लोग के सामने तो मेरी ये छोटी सी जर्नी थी जो कि मैं आप लोगों को बताई मेरा एक छोटा सा बेबी है कुंज जिसको आप लोग बहुत प्यार करते हैं और जिसके नाम से चैनल है मैं हूँ कुंज की मम्मी तो कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो आप लोगों को जी हाँ 1K सब्सक्राइबर और मोनेटाइजेशन का सफ़र तो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग कीव सपोर्ट अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना थैंक्स फॉर वॉचिंग कि सपोर्ट